हाई हेलो असलकुम नमस्ते वेलकम बैक टू अवर चैनल बिलेश कैसे हैं सब लोग सो दिस इज माई डे थ्री वी लॉक डों दिस वेरी द एंड एंड दिस इज माई टूडेज आउटफिट लुक्स लाइकडे अबाउट दिस बॉटम एंड द टॉप फ्रॉम सी एम शॉपिंग मॉल सो हम लोग लंच में गए थे यहाँ फेमस होटल ये है कि सुबैया गारी होटल इट्स रियल वेरी फेमस होटल हियर and it's very pure vegetarian हम लोगों को यहाँ पर pure vegetarian मिलेगा और उसके साथ साथ unlimited food serve किया जाता है यहाँ पर same as usual token लेना है token ले कर हमको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद हमको टेबल प्रोवाइड किया जाता है और इसके बाद अनलिमिटेड फ़ूड इस तरीके से उन लोगों ने उनके हाथों से सर्व किया जाता है एवरी आइटम अनलिमिटेड और बहुत सारा आइटम्स है लाइक वाइट राइस करड राइस बटर मिल्क पान एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे इसके बाद हमको सर्व किया है बहुत सारे मीन्स इट्स मोर देन ट्वेंटी आइटम्स यस सो इसके बाद हम लोग फिर भी शॉपिंग के लिए गए थे and, um, we had some ice cream over there and uh, सम के एफ सी चिकन आइटम्स बोनलेस ट्रिप्स विद समिप्स एंड अ कोक विद डैट एंड इसके बाद हम लोग और थोड़ा शॉपिंग करे थे फॉर yes, we had a good time and टाइम um, wants to pay the bill. he is trying to take out my all the cards, credit, debit and the money from my wallet. एंड इसके बाद मैं एक आइसक्रीम ट्राई करी थी पॉपस्टिक स्टिक एक्चुअली वो पॉपस्टिक को लाइक नाइन टू टेन काइंड ऑफ फ्रूट्स मिक्स होके के एस पॉपस्टिक को क्रिएट किया है एंड टेस्ट लाइक यस गुड एंड फिर से आके थोड़ी सी फ्रेश होके फिर भी बाहर जाने के लिए आई एम रेडी एंड दिस इज़ माय आउटफिट लुक्स लाइक एंड बॉटम एंड द टॉप मॉर्निंग आई पचर्स दिसवन हम लोग बस थोड़ी सी घूमने लग गए थे और उसके बाद आई स्पॉटेड इज स्वीट शॉप एंड दिस इज़ द फेमस स्वीट शॉप सो इस शॉप में हंड्रेड प्लस स्वीट्स आप देख सकते हो बहुत सारे वेराइटीज़ आई कान कंट्रो माई सर्फ एंड आई हैड टू टू थ्री स्वीट्स कैरेट सर्फ आप देख सकते हो एंड दीज और लाइक गोल्ड कलर सिल्वर कलर इट्स लाइक प्लास्टिक के हैं ये बस प्लास्टिक को इस तरीके से करके सर्व कर सकते हो बहुत सारे आइटम्स है बहुत सारे वेराइटीज़ है जस्ट लाइक बास्केट्स प्लेट्स बाउल्स बहुत सारे हैं एंड एवरीथिंग लुक्स लाइक वेरी रियल एंड वेरी गुड एंड कमिंग टू स्वीट्स एवरीथिंग लुक्स सो फ्रेश सो so, वहाँ से हम लोग थोड़ी और स्वीट्स एंड सम हॉट आइटम्स भी परचेज़ किए थे so on the way I completed one box here what we bought from there it's really very very tasty this is what we bought from there and um, I'll show you uh, two two or one one pieces like this this is called paper uh, sweet rasagulla everything I had a lot and इसके बाद on the way हर के बीच में थोड़ी देर हम लोग इससे ही रिलैक्स होके स्टार्ट हुए थे हम लोग ऐसे ही बैठ के नेक्स्ट uh, कहाँ जानी है क्या करनी है बस ऐसे कुछ, कुछ बातें करते इस तरीके से हम लोग एन्जॉय कर रहे हैं क्लाइमेट को एंड क्लाइमेट लुक्स लाइक इट्स लिटिल बिट क्लाउडी सो यू कैन सी द फिशिंग बोट्स वो देर कमिंग बैक बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट make it's like pets and uh, they like doggies everything cats so shon is trying to give shake and to the doggy the doggy is in sleepy mode so again we started our journey एंड uh, हम लोग जा रहे हैं पोर्ट एरिया पर इट्स ए फेमस एरिया ओवर देर वहाँ पर हम लोग देख सकते हो सारे सी आइटम्स लाइक फिश प्रॉन्स क्राप्स एवरीथिंग ड्राई एंड फ्रेश एवरीथिंग यहाँ पर देख सकते हो बहुत काइंड ऑफ फ़िश प्रॉन्स एवरीथिंग एवेलेबल एंड बाहर से जो स्मेल आ रहा है इट्स लाइक हेल यू नो जहाँ भी देखो सब कुछ फिशिंग एरिया है एंड सी सब कुछ लाइक यू कॉन्ट इवन ब्रीथ आप यहाँ पर देख सकते हो सारे फिश प्रॉन्स इस तरीके से वो लोग ड्राई कर रहे हैं सो दे डू ईच एंड एवरी डे डांस एंड डांस दिस काइंड ऑफ वर्क नॉट ओनली फॉर आज लोकल पीपल को ही नहीं है सारे शिप में ये एक्सपोर्ट होती है सो so आप देख सकते हो बहुत सारे बोट्स एंड शिप्स यहाँ पर है थोड़े बोट्स को उन लोगों ने सी में भेजकर फिशिंग के लिए वो लोग भेजते हैं और उसके बाद थोड़ी शिप्स को बोट्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी यूज़ करते हैं सो यू कैन सी सो मेनी बोट्स सो मेनी शिप्स ओवर हियर एरिया को बोलते हैं पोर्ट एरिया इस एरिया में बहुत सारे फिल्म्स भी शूट होते रहते हैं तेलुगु फिल्म्स। सो यू कैन सी सो मेनी सो मेनी बोर्ड सो मेनी फिशेस सो मेनी प्रॉन्स इट्स लाइक अनकाउंटेबल यू नो completed this area now we are going for shopping it's like a uh, lifestyle this is what a uh, lifestyle looks like a uh, home center so yahan par first floor uh, looks like this and uh, yahan par homely items are uh, sare Uh, छोटे से बड़े तक सब कुछ अवेलेबल है एंड सारे आइटम्स लुक सो सो ब्यूटीफुल यू नो सो ऑल आइटम्स फैब सो आई विल शो यू टेक अ लुक from this first floor we took two items It's very very good. So these are kitchen items. They are also very, very good. सारे डेकोरेटिव आइटम्स ए टू जी सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर here we have completed our shopping home items and now we are going to fashion floor yahan par arshan and arshia ke shopping ho gaya hai and the material is in good condition it's really very soft materials so i always prefer to shop in lifestyle only for my kids This is what uh, uh, clothing section we have finished. So this is what Ershe and Ersheen's package. So now finally we have done everything, and uh, here we have spent lot of time. So it's time to go for dinner. सो दिस इज़ वॉट द प्लेस कामत रेस्टोरेंट यहाँ बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है सेम एज यूजल टोकिन लेके वेट करना पड़ेगा यहाँ पर भी टेबल अवेलेबल होगा तो हम लोग को बुलाएंगे so in dinner we had uh, some uh, Apollo fish polo fish it was like um, yes really very good and now it's a biryani time it's um, dum biryani with curd rice and coke and this is the time to say bye bye So on the way बहुत बारिश हो रहा है और उसके लिए हम लोग वन hour के लिए यहाँ पर रुके थे and then we started our journey again again थ्री a.m. we reached our home So thank you so much this is what our journey and what our trip is this is the last day day 3 mere video aapko pasand hua to like zarur karna share zarur karna aapke friends ke sath family ke sath thank you so much for watching bye bye